MTV के वीडियोस में खुश आदे इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वीजा के हवाले से। किस तरफ वीजा अप्लाई करना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारा कुछ शामिल होगा इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन खूबसूरत मुल्कों में से एक है जिनको देखने के लिए लाखों सया हर साल आते हैं वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कम ही वीजा जारी करता है लेकिन रीजन स्ट्रॉन्ग हो तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा पच्चीस दिन के अंदर मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया वीजा फीस बीस पाकिस्तानी रूपए है जबकि अगर आप वीजा लगवाने जाएंगे बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट्स के आप ऐसी तक ले लिए जाएंगे कुल मिलाकर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा 26000 तक का पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया ऑफर करता है आपको ई वीजा जो कि तीन महीने से एक साल का भी हो सकता है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त गुजारना पसंद करेंगे आपका ट्रेवल रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो आपको एक साल का वीजा भी मिल जाएगा अगर आप इससे पहले किसी मुल्क जा चुके हैं मुल्कों से होकर वापस आए हैं तो आपको पहली तरजीह में ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जायेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जबकि हमारी आने वाली वीडियो इस पर होगी की ऑस्ट्रेलिया में किस तरह असाइलम अप्लाई किया जाए जिसमे असाइलम मेरा मतलब है मजहबी सियासी पनाह ऑस्ट्रेलिया में किस तरह मिलती है अगर चाहते हैं कि वो वीडियो जब हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना पड़ेगा ये बेहतरीन मौका है आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का इससे बेहतर मौका शायद ही कभी आए इसकी वजह यह है की ऑस्ट्रेलिया में टी वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो की सोलह अक्टूबर ऐसी तेरह नवम्बर तक जारी रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में अपना अच्छा रिकॉर्ड रखता है अगर इस वक्त आप वीजा अप्लाई करें तो नाइन्टी नाइन है की आपको वीजा मिल जाएगा अब करेंगे आपने अप्लाई कैसे करना है तो जनाब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए जिस पर आपने रजिस्टर हो के वीजा अप्लाई करना है जबकि ये वेबसाइट आपके सामने है आप इस पर वीजा कैटेगरी सिलेक्ट करें अपना मुकम्मल बायोडेटा डालें फॉर्म फिल करके सबमिट कर दे एक दो दिन के अंदर ही आपको जवाब आ जाएगा इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट कम्प्लीट कर ले जिसमे पासपोर्ट जो की छह महीने वैलिड होना जरूरी है अगर आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो इसको भी रख ले नहीं है तो जल्दी से बनवा लें ले आपको करीबी नादरा की किसी भी ऑफिस से मिल जाएगा अगर आप शादीशुदा हैं है तो निकाहनामा भी आपको जमा करवाना पड़ेगा लेकिन ये नादरा से तस्दीक शुदा होना जरूरी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें होना जरूरी है कोशिश रखें कि ये तस्वीरें छह महीने से ज्यादा पुरानी ना हो बैंक स्टेटमेंट भी होना जरूरी है जो की आखिरी छह महीनों की होनी चाहिए आप कोशिश करें की इस अकाउंट में कम ऐसी कम पाँच लाख रूपए होने चाहिए अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे होंगे तो ये आपके वीजा लेने के लिए आसानी पैदा करेंगे आपने होटल बुकिंग की तफसील भी देनी है अगर आप अच्छे सस्ते होटल जाते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 10 से 12 दिन की बुकिंग आप जाहिर करें ये आपके लिए बेहतर रहेगा पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप साथ लगा लेको बहुत सपोर्ट करेंगे अगर आप ये डॉक्यूमेंट जमा कर लेते हैं तो आपको सौ वीजा मिल जाएगा जब वीजा आ जाए तो आपने जेरी ऐसी अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक्स करवानी है जेरीज जाने से पहले ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप रंगीन कापिया स्कैन करवा के निकलवा ले जो कि आपको जेरीज में जमा करवानी होगी तो जनाब कैसी लगी आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले